हेलो सो हेलो गायस आज फिर से हम निकल चुके हैं किसी दूसरी जगह को एक्सप्लोर कर, करने जो कि है हमारे सिटी से सिटी से थोड़ा दूर वो भी एक सिटी है सिलचर का नियरेस्ट सिटी जिसका नाम है लखीपुर और उसी लखीपुर सिटी से होते हुए हम लोग जाएंगे किसी एक आ, हम लोग जाएंगे इसका नाम है एक हिल को एक्सप्लोर करने जाएंगे जिस जिसका नाम है आ, क्या बोलते हैं इसको जुजांग हिल शायद जुजांग हिल हाँ और जिस जो कि मतलब हमारे आसाम और मणिपुर की बॉर्डर को डिवाइड करता है वही हिल तो उसी हिल को आज एक्सप्लोर करने हम लोग जाएंगे तो मैं यहाँ पे रुका हूँ और यहाँ से आप लोगों का यहाँ पे मेरा ब्लॉगिंग स्टार्ट कर रहा हो क्योंकि ये जो नजारा है देखने लायक है मेरे पीछे गाड़ी वगैरह आ रही है और मैं एक ब्रिज के ऊपर हूँ जो कि है बहुत ही फेमस ब्रिज हमारे शिलचर सिटी का शिलचर सिटी का मतलब बहुत ही फेमस ब्रिज है जो कि दूसरे साइड में भी ब्रिज देख सकते हो एक जो इधर से सिर्फ जाने के लिए और उधर से उस साइड से, से आने के लिए मेरे पीछे देख सकते हो तो दूसरा एक ब्रिज और तो वही मैं आपको इसी नज़ारे को दिखाना चाहता था और आप लोगों को, को साथ ब्लॉगिंग भी स्टार्ट करना था तो मेरे पीछे का जो नज़ारा आप लोग देखिए बहुत ही बढ़िया है ठीक है मैं थोड़ा सा आप लोग पेट्रोल लेने आया हूँ अभी देखते हैं इसका रेट क्या तो पेट्रोल तो हमने डालवा लिया जो कि यहाँ का रेट है बहुत ही ज्यादा अभी चल रहा है 98. एट पॉइंट समथिंग करके यहाँ का रेट है पेट्रोल का तो बहुत ही ज्यादा वो मेरे साथ जो आया है वो ले रहा है अभी पेट्रोल तो उसके बाद सो so, यहाँ पे देखिए मेरे बाएं तरफ से एक एन रोड जो कि हमारे आसाम अपर आसाम से जाके कनेक्ट होता है और सीधा है वी रोड जो कि मणिपुर इम्फॉल और दूसरे स्टेट में जाते हैं और बाएं तरफ हमारी स्टेट ही है जाके अपर आसाम गुवाहाटी ऐसे जगह से जाके कनेक्ट होता है जो कि है 55 फाइव नॉन्ग हाईवे नेशनल हाईवे सो so फाइनली हम लोग अभी पहला मार्केट क्रॉस करेंगे जो कि है शायद कौन सा मार्केट बाषकंदी का मार्केट हाँ इस जगह का नाम है बाशकंदी तो इसी एरिया का ये मार्केट है और ये बहुत बड़ा मार्केट है अभी तो सुबह के टाइम है इसलिए पता नहीं चल रहा है शाम के टाइम इस मार्केट में मैंने सुना है बहुत मतलब ट्रैफिक होता है और मार्केट का एरिया भी बहुत बड़ा है तो अभी मैं हम हमारा सो so, अभी हम लोग यहाँ पे एक ब्रेक लिया है क्योंकि आप लोगों को कुछ दिखाना है मेरे अगल बगल पे तो देख ही रहे हो कुछ क्या नज़ारा है ये देखो भाई लोग देखो मतलब आगे में हम लोग आ ही चुके हैं पहाड़ के नज़दीक लेकिन ये नज़ारा भी बहुत ही खूबसूरत है इसी को दिखाने के लिए आप लोगों को इसी को दिखाने के लिए हम यहाँ पे रुके हैं आप लोगों को दिखाने के लिए तो ये नज़ारे हैं बहुत ही अभी ये दो इन तेनों का कुछ अलग चल रहा है फ़ोटो सेशन <laughs> ओ भाई लोग क्या कर रहे हो तो बोर्ड में शायद देख सकते हो आप लोग कि इसी रूट से कहाँ कहाँ जा सकते हैं इम्फॉल जीरीबाम फुलर टोल और हमारा डिस्टेंसन भी बहुत ज़्यादा दूर नहीं है अभी आ जाऊँ रुक रुक रुक, रुक। यहाँ पे दोनों यहाँ पे क्यों रुका है रुको यहाँ पे पूछ लेता हैं उन लोगों क्या हुआ रे अभी तो मोबाइल में बेस्त है चलो चलो चलो हाँ समझ गया क्या हुआ भाई लोग अभी आप लोगों को अभी आप लोग मेरे हाथी देख से क्या तो नजारे है भाई साहब देखो इसी नज़ारे को देखकर तो मुझे मतलब उत्तराखंड की जैसा लग रहा है आप लोग शायद देख सकते हो तो अगर उत... हाँ इस अंकल का क्या हुआ वो शायद उसका टायर पंक्चर हो गया अच्छा चलो हाँ कहा था मैंने हाँ नज़ारे नज़ारे देखो भाई साहब आप लोग देखो क्या नज़ारे आज मौसम भी बहुत ही खूबसूरत हो रहा है और नज़ारे तो देखने लायक है आप लोग काश यहाँ पे आ सकते आज के दिन और देख सकते आह भाई लोग यहाँ पे देखो यहाँ पे खेती भी हो रहा खेती यहाँ पे खेती भी हो रहा है और जो मौसम और खेती का जो आज मिश्रण है अलग ही नज़ारा है क्या बोलो आप लोग आप लोग आना भाई लोग आप लोग आके इस जगह को देखना देखो मेरे आगे का व्यू देखो मतलब क्या बोलूँ इस नज़ारे को मैं तो पूरा उत्तराखंड से रिलेट कर सकता हूँ जो कि आप लोग अगर सौरभ जैसे ब्लॉग को फॉलो करते हो तो आप लोगों को ऐसे ऐसे नज़ारे मिल जाएंगे तो मैं भी बोल सकता हूँ कि हमारे यहाँ पे भी ऐसे ऐसे नज़ारे हैं जैसे मतलब पूरा उत्तराखंड की तरह तो देखो और इन्जॉय करो इस नज़ारे को कर दे रखा है बहुत देखो आ, क्या स्वीट कर दिया है तो फिलहाल अभी हम लोग पहुंच ही चुका है दिखा रहा है अभी भी मिनट लगेगा और किलोमीटर बाकी है वो देखते हैं ज्यादा वक्त तो नहीं है आप लोगों को दिखाते हैं क्या है पीछे देख सकते हैं बहुत ही गजब है नज़ारा और फिलहाल अभी तो हम लोग पहुँच ही चुके हैं आप लोगों को पीछे से दिखाता लेकिन है अच्छा। बहुत ही अच्छा देखिए पीछे का नज़ारा बहुत खूबसूरत है आगे का व्यू देखो बहुत ही खूबसूरत व्यू है आगे का लोग ऐसे चलते हैं मतलब क्या बोलूं एक ही लोग है यहाँ पे मतलब इतना कोविड का कुछ नहीं दिखा रहा देखो लोग घर घर पे नहीं सॉरी रास्ते पे जो लोग दिखते हैं ज्यादातर लोगों में मास्क वगैरह ऐसा कुछ नहीं तो यहाँ पे शायद इतना कोविड को नहीं मानते या शायद कोविड है ही नहीं यहाँ पे कोविड तो पूरे वर्ल्ड में है लेकिन यहाँ के लोग ही शायद नहीं मानते क्या बोलो सो so, फाइनली हम लोग अभी आप मतलब पहुँच चुके हैं उसी जगह पे जो कि पहले हम लोग बोले थे कि जिस पहाड़ का नाम है जूज़ंग हिल और इसी हिल में इसी हिल के पूरे नीचे हम खड़े हैं और अभी हम लोग चलेंगे और थोड़ी देर तो हम लोग अपनी बाइक और स्कूटी से ही चलेंगे उसके बाद हम ट्रैकिंग के तरफ बढ़ेंगे और लेकिन आज आप लोग वो सब नहीं देख सकते आज के वीडियो में क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो चुका है तो मैं आप लोगों को मतलब सब कुछ अगले वीडियो में आप लोगों को मैं दिखाऊंगा और बहुत अच्छे अच्छे नज़ारे हैं अगले वीडियो में आप लोग देखना ज़रूर और भाई लोग अच्छे अच्छे इस वीडियो को और नज़ारे को देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो लाइक कर दो और शेयर कर दो और थोड़ा बहुत इस नज़ारे के बारे में कमेंट लिख भी लिख लिखा भी दिया करो कि कैसा है नज़ारे और कुछ तो बाय टाटा